अलविदा 2020 हजार बीस मन में रह गई कोरोना की टीस अलविदा 2020 विश्व पटल पर तूने बदली तस्वीर अलविदा 2020